दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि पृथ्वी अगर गोल है तो इस पर रहने वाले हम इंसान नीचे क्यों नहीं गिरते और पृथ्वी अपनी धुरी पर 1600 सो किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है यह हमें महसूस क्यों नहीं होता और पृथ्वी गोल है या थ्योरी सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दुनिया के सामने रखी एवं उसको सिद्ध भी किया और पृथ्वी का आकार गोल ही क्यों है वह चपटी या अन्य किसी आकृति के शेप में क्यों नहीं है आज के इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे YouTube चैनल मिस्ट्री के वीडियो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए धन्यवाद दोस्तों तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को पृथ्वी गोल है आज कहना जितना सरल और सही लगता है आज से लगभग पाँच वर्ष पूर्व पृथ्वी को सपाट माना जाता था पृथ्वी को लेकर कुछ लोगों ने उस समय अपने विचार रखे कि पृथ्वी चौकोर है या गोल लेकिन वह अपने विचार पर पूर्ण रूप से स्वयं भी सही नहीं थे पृथ्वी गोल है या थ्योरी सही तरीके से दुनिया के सामने साइंटिस्ट पाइथागोरस ने रखी एवं उस पर लोगों को विश्वास भी दिलाया हालांकि उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो पायथागोरस की थ्योरी को गलत मानते थे प्राचीन काल में तो यह भी मान्यता थी कि पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी हुई है लेकिन जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ते गए वैज्ञानिकों द्वारा खोज की गई और पता चला कि पृथ्वी हमारी स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष में तैरती हुई है जैसे ब्रह्मांड के अन्य ग्रह तैर रहे हैं दोस्तों यह तो सिद्ध हो गया कि अब तक कि पृथ्वी गोल है लेकिन एक सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा यदि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर सोलह किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है तो हम इस पर रहने वाले इंसान जीव जंतु गिरते क्यों नहीं दोस्तों इसका मुख्य कारण है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के हर एक ऑब्जेक्ट पर ही नहीं बल्कि हमारे वायुमंडल पर भी लागू होता है दोस्तों पृथ्वी की सतह से सौ किलोमीटर ऊपर तक गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है पृथ्वी के केंद्र की ओर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ही हमें पृथ्वी की सतह से जोड़े रखता है यही कारण है कि जब भी हम पृथ्वी की सतह से ऊपर उठना चाहते हैं तो हमें बल की आवश्यकता होती है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करके हमें पृथ्वी की सतह से ऊपर ले जा सकें दोस्तों या तो आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सोलह किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से घूम रही है दोस्तों सोलह किलोमीटर प्रति घंटा की रफ़्तार बहुत तेज़ होती है इसकी तुलना हम जापान के बुलेट ट्रेन से भी करें तो उस रफ्तार की भी लगभग या तीन गुनी है तो दोस्तों जब पृथ्वी अपनी धुरी पर इतनी तेज़ रफ्तार से घूम रही है तो यह कभी हमें महसूस क्यों नहीं होता क्या वजह है कि पृथ्वी पर इतनी बड़ी बड़ी इमारतें जैसी कि जैसी खड़ी हैं दोस्तों आपने कभी धरती पर जंप किया हो तो क्यों पीछे की तरफ नहीं हम उसी जगह पर गिरते हैं दोस्तों हमारा वातावरण भी उसी रफ्तार से घूम रहा है या स्थिर है मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपके हाथ में एक गेंद है तो आपने गेंद को पृथ्वी की सतह पर मारा तो वह गेंद उछल के उसी जगह पर करेगी ना कि आगे पीछे क्योंकि ट्रेन के साथ साथ उस गेंद की और आपकी रफ्तार एक ही है गेंद और आप ट्रेन की ही गति से चल रहे हैं उसी प्रकार पृथ्वी के घूर्णन के गति के साथ साथ, साथ हमारा वायुमंडल एवं इस पृथ्वी पर उपस्थित हर ऑब्जेक्ट सोलह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति कर रहा है दोस्तों आप और मैं सोलह किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़्तार से गति कर रहे हैं दोस्तों है ना चौंकाने वाली बात आपने कभी सोचा था कि हम सोलह सो प्रति घंटे सोलह सो किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं वीडियो ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कॉमेंट करके बताएँ हमें कि अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हो धन्यवाद